बची हुई रोटी से झटपट नाश्ता बनाए सुबह का टमाटर केचप और चिली सॉस टमाटो सॉस से इसको मिलाए और जो बासी रोटी है रात का या टटका रोटी जो भी है उससे भी बना सकते हैं ये जो केचप जो मसाला बनाए फिर इसमें लगा देंगे प्याज टमाटर और जो नमक और काली मिर्च छिड़कें और इसको फोल्ड कर देंगे थोड़ा थोड़ा लगा के तो सारे रोटी में ऐसे लगा लेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे इसको सरसों तेल में इसको फ्राई कर लेंगे धीरे धीरे क्रिस्पी हो जाए देखिए उलट पुलट के इसको क्रिस्पी कर लेंगे देखिए और सुबह का शाम बना के खा सकते हैं चाय का साथ ये देखिए कट करके भी दिखा